मैं फ़ाइनली यहाँ पहुँचा था और अभी से के साथ मैं वहाँ पे मिला अपने दोस्त से और वो लोग थोड़ा बिजी मतलब बोलते हैं ना थोड़ा वो लोग बिज़ी थे और लोग से मिला और थोड़ा हम लोग इन्जॉय किए तो टाइम नहीं मिला बहुत रूपए तो वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट करूँ मतलब मैं भूल ही गया था क्योंकि दोस्त लोग मिले थे बहुत टाइम बाद मिला था तो मैं वीडियो वीडियो शूट नहीं किया और अभी डायरेक्ट मैं स्टेशन पर आ गया तो मैं बोला कम से कम यहाँ पर तो थोड़ी बहुत वीडियो ले लेता तो अभी यहाँ पर जो ट्रेन आई है और ट्रेन पकड़ते हैं और आप तब तक, तक सिनेमैटिक चेक करो और डायरेक्ट घर पहुँचता हूँ तो और कल का ईद वाला ब्लॉग मुझे बताओ कैसा लगा आपको कुछ खास बनाया नहीं है जो बनाया वो डाल दिया है। तो कमेंट में बताओ आपको अगर अच्छा लगा तो हो तो लाइक कमेंट शेयर हो चैनल का नया हो तो फिर सब्सक्राइब करो तो चलते हैं फटाफट से उस उस वाले ब्लॉग के लिए बोल रहा हो इस वाला व्लॉग का तो अलग रहेगा तो चलते हैं फटाफट से घर पर तो बहुत टाइम हो गया है तो और आज कुछ ऐसा है और दिखाता आपको कुछ ये है मेरा कुछ लुक और फाइनल लुक मेरा ये आ रहा है और चलते भी फटाफट से घर पे तो चलते ये ला इस ब्लॉग का सेकंड वाला डी है और अभी मैं जस्ट जॉब पर से आया हूँ और अभी मुझे जाना है बाल कटाने के लिए और बहुत ज़्यादा बाल बड़ा हो गया तो अभी बाल कटाने चलते हैं और पैसा लेते उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट शॉप पे और ब्लॉग में बने रहना कंटिन्यू और मैंने मैं बोला ना कि अभिषेक से मिलना मैं पर्सनली अभिषेक से ही मिलता हूँ पूरे मेरे स्कूल फ्रेंड जो सर्कल्स हैं उनमें से उन सिर्फ मैं अभिषेक से मिलता हूँ और किसी से नहीं मिलता जो आपने कल वाले कल के दिन देखा था तो वो आ तो अभी चलते फटाफट से बाल कटाते अभी लेट हो जाएगा अभी बज रहे हैं एक मिनट नौ दस बज रहे हैं शॉप बंद हो जाइए पैसा दे चलते फटाफट से अभी रिचार्ज भी कराना है आज रिचार्ज खत्म हो गया अगर आज मैंने रिचार्ज नहीं कराया तो कल ब्लॉग नहीं आ पाएगा तो उसके लिए पहला रिचार्ज करा दे फिर उसके बाद बाल खतान हो तो चलते फटाफट से